हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन आज मैं आपके लिए एक मीठी रेसिपी लेके आई हूँ और वो भी ठंडी ठंडी क्योंकि गर्मी आपको पता है इस बारी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ ठंडा लेके चला जाए इस बारी तो इसलिए मैं आपके लिए एक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको इंडिया में कहीं कहीं पर मटका कुल्फ़ी बोला जाता है कहीं पर कट कुल्फ़ी बोला जाता है और बनाना बहुत ही आसान है चलिए मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है यहाँ मैंने एक लीटर फुल फैट मिल्क लिया हुआ है इसको बॉयल होने रख दिया है इसको एक उबाला आने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट स्टर करते रहेंगे लगातार हिलाते रहेंगे लगे नहीं तो चलिए मैंने इसको गैस ऑन कर दिए एक उबाला आ जाए इसके बाद हम इसको इसको स्लो, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे इसको, इसको स्टेर करते रहेंगे देखिए इसमें एक अच्छे से उबाला आ गया है अराउंड दो मिनट दो से तीन मिनट हुए हैं इसमें दूध में अच्छे से अब इसको हम कंटीन्यूसली स्टिर करते रहेंगे जिससे कि दूध नीचे ना लगे अगर दूध नीचे लग गया तो जलने की स्मेल आ जाती है वो बिल्कुल दूध का टेस्ट ख़राब कर देती है जैसे कुल्फ़ी में भी फिर मज़ा नहीं आएगा तो चलिए अब हम इसको कंटीन्यूसली अब बचें मैं सात आठ मिनट इसको और कर लेती हूँ अब इस टाइम पे हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कर देंगे गैस को और कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहेंगे और 10 मिनट 8, 7, 8 मिनट तक और इसको दूध को उबाल लेते हैं अच्छे से देखिए दूध को बॉयल होते हुए 5 टू 7 मिनट्स हो गए हैं तो अब इस टाइम पे हमने देखिए यहाँ पे लिया हुआ है दो टेबल मिल्क पाउडर तो अब हम इस मिल्क पाउडर को इसमें डालेंगे तो इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा इसी में से मैं थोड़ा सा गर्म दूध ले लेती हूँ मिल्क पाउडर को हमेशा ही आप ध्यान रखिएगा कि आपने गरम दूध में ऐड करना है मैंने हाँ थोड़ा सा गरम मिल्क है दूध। अब इसको हम धीरे धीरे इसमें देंगे अगर आपके पास मावा है तो आप मावा भी ऐड कर सकते हैं चाय तो अराउंड टू हंड्रेड ग्राम्स मावा भी 1 के मिल्क में आप इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इस दूध में डाल देंगे देखिए ध्यान रखना है कि अच्छे से मिक्स करना है ये लम्ब नहीं पड़ने चाहिए देखिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसको धीरे धीरे इसमें मिक्स कर देंगे। लीटर फुल क्रीम मिल्क में दो टेबलस्पून मिल्क पाउडर पड़ेगा या टू हंड्रेड ग्राम्स खोया आप डालना चाहते हैं तो खोया पड़ेगा इसको अब हमने अराउंड पांच मिनट इसको फिर अच्छे से बॉईल कर लेंगे और कंटिन्यूसली हिलाते रहना है हमने इसको छोड़ना नहीं है पाँच मिनट के लिए अब हम इसको अच्छे से बॉईल कर लें ये देखिए हमारा दूध हो गया है पाँच सात मिनट अच्छे से बॉईल और इसको देखिए अब हम देखिए साइड से भी जो मलाई भी जमती जा रही है उसको इस तरीके से उतार के दूध में मिक्स करते रहेंगे अब इस टाइम पर अब हमने ये देखिए मैंने लिया हुआ है कॉर्नफ्लावर अराउंड डेढ़ टेबल स्पून है अब हमें इसको भी इसमें डालना है तो इसके लिए पर इस बार ही ध्यान रखना है हमने गरम दूध नहीं हमने थोड़ा सा मैंने ठंडा दूध ले लिया है तो इसमें हम ठंडे दूध में ऐड मिक्स करेंगे इसको गरम में इसमें लम्ब बन जाते हैं ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसको दूध में डाल देंगे चलिए अब हम इसको कॉर्नफ्लावर को जो मैंने मिक्स करा था इसको अच्छे से धीरे धीरे इसमें दूध में डालूंगी और हिलाती जाऊंगी ये धीरे धीरे डाल के ये कॉर्नफ्लावर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि कुल्फी बहुत जल्दी पिघलने लग जाती है तो एटलीस्ट इससे ये होती है जब आप कुल्फी निकालेंगे करेंगे तो इतनी जल्दी अपनी ये शेप नहीं छोड़ेगी ये नहीं इसको। ये देखिए देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से हिला लेंगे इसको फिर ये देखिए इसी तरीके से इसको मैं फिर जैसे कॉर्नफ्लावर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए उसका कच्चा पन ना रहे तो इसको पाँच से सात मिनट हम मिनट इसको हम फिर अच्छे से बॉईल कर लेंगे दूध को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कर लेंगे और हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली कि दूध एक तो लम्स ना पड़े इसमें और दूध नीचे लगे नहीं तले पे और इस बात का ध्यान रखिएगा जो बर्तन लेंगे या तो आप नॉन लीजिए या मोटे तले का लीजिएगा जिसमें कि दूध नीचे बिल्कुल ना लगे क्योंकि दूध जरा सा भी लग गया तो सारा टेस्ट कुल्फ़ी का आपका ख़राब हो जाएगा ये देखिए अब चलिए इसको पाँच से सात मिनट अच्छे से बॉईल कर ये देखिए दूध पाँच मिनट अच्छे से बॉईल हो गया है ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए अब इसको हम अच्छे से हिला के एक बारी इसके बाद हम गैस अब बंद कर देते हैं और दूध को रख देंगे पीछे आप हम बना लेते हैं इसका मेन जो इसकी असली चीज़ है जिसमें इसका टेस्ट आता है वो है कैरमल तो चलिए अब हम कुल्फ़ी के लिए हम कैरमल बना लेते हैं और इसको पीछे रख लेते हैं जिससे थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाए दूध को मैंने पीछे ठंडा करने रख दिया है अब हम बनाते हैं कैरमल देखिए अब एक लीटर फुल फैट मिल्क था और एक कप उसके साथ मैंने लिए शुगर मैंने पैन को गर्म करने रख दिया है अब पैन में हम डाल देंगे ये शुगर इसको अच्छे से फैला देंगे जब शुगर नीचे से अच्छे से मेल्ट होने लगेगी तो फिर मैं इसको हिलाऊंगी। हमें इसका बनाना है कैरमल इसमें हमने पानी घी कुछ भी ऐड नहीं करना है हमने इसको धीरे धीरे और बनाना भी मुझे रखना भी स्लो फ्लेम पे है गैस को क्योंकि जरा सा भी ये कैरेमल जल गया या काला हो गया तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा कुल्फी का देखिए जरा सा हम इसको फैला के छोड़ देते ज़रा सा ये मेल्ट होने लगेगी शुगर तो फिर हम इसको थोड़ा सा हिलाना स्टार्ट करेंगे ये देखिए आप शुगर देखिए हल्के से देखिए मेल्ट होने लगी है ये देखिए का का बना रहे है। ये ही, ही उसको कुल्फी का जो एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है वही देता है इसको ये कैरेमल ही मुझे ना वाली लाल की चौपाटी कुल्फी आती है वो बहुत अच्छी लगती है आप वो खाके देखिएगा और ये जो कुल्फी आप घर बनाएंगे ट्राई करिएगा बिल्कुल सेम बनती है कुल्फी देखिए इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है जगह शुगर आपने थोड़ा कम ज़्यादा करनी है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं आप कम मीठी चीनी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसको थ्री फोर्थ कप कर लीजिएगा शुगर और ज़्यादा करने की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं होगी इसको करिएगा स्लो फ्लेम पे ही कैराम बनाइएगा नहीं तो जरा सा भी लग गया स्मेल आ गई तो मज़ा कुल्फी का नहीं आएगा आप कहेंगे मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि क्योंकि इतनी मेहनत से आप कुल्फी बनाएंगे सब करेंगे और हल्की सी भी स्मेल आ गई तो सारा खाने का मज़ा खराब हो जाएगा और किसी को भी टेस्ट नहीं आएगा आप ये कुल्फी बनाएंगे ना तो आप बाज़ार की कुल्फी को भूल जाएंगे इसी तरह ये कुल्फी आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल के बना सकते हैं फ्रूट कुल्फी है तो वो भी मैं जल्दी आपको मैंगो कुल्फी भी बताऊंगी बताना बताऊँगी चलिए हमारा लगभग हो गया है ये देखिए इसको डार्क ब्राउन कर लेना ये देखिए ये हमारा कैरेमल अब रेडी हो गया अब हम गैस बंद कर देंगे और दो तीन मिनट इसको इसी तरह कंटिन्यूसली खिलाते रहेंगे अब ने अब हमने डालना है इस कैरेमल को दूध में तो अब हम इसको पीछे कर दे इसको दूध को हम आगे कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि दूध थोड़ा सा ठंडा हो कैरेमल में ये देखिए दूध हमारा है पीछे रख दिया था हमने अब हम इसमें धीरे धीरे ये कैरेमल ऐड करेंगे तरह सा डालेंगे और थोड़ा सा हिला लेंगे बाकी कैरेमल अच्छे से मिक्स हो जाता है दूध में वो कोई दिक्कत नहीं है अभी आप देखेंगे सारा इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया अभी सारा मिक्स हो जाएगा बहुत ही स्मूथ बैटर बन जाएगा ये जितना है तब हम अच्छे से इसमें क्योंकि ठंडा हो गया तो ये पैन में चिपक जाएगा तो इसको फटाफट आपको इसी समय दूध में डालना है पर ये ध्यान रखिएगा कि दूध गरम ना हो दूध उबलता हुआ ना हो दूध को थोड़ा ठंडा करने के बाद ही इसमें डालना है अब देखिए मैंने गैस ऑन कर ली है अब इसको कंटिन्यूसली अब हम देखिए इसको फिर हिलाएंगे जो इसमें है ना ये आप दो मिनट देखिएगा सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें इसी तरह कंटिन्यूसली हम इसको हिलाते रहेंगे इसको अराउंड 5 से 10 मिनट लगेगा हम इसको धीरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हिलाते रहेंगे जिससे कि ये जो हमारा सारा जो इसमें दिख रहा है मोटा थोड़ा सा वो सारा मेल्ट हो जाए और ये पूरा एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा ये देखिए मैंने पाँच सात मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया देखिए इसमें से सारा कैरेमल सब मिक्स हो गया है अच्छे से अब हमने देखिए इसका बिल्कुल कुल्फ़ी का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है बढ़िया सा अब इस टाइम पे हमने ये देखिए पांच से छह छोटी इलायची का पीस के रखा हुआ है ये इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से अब छोटी इलायची भी ऑप्शनल है अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो डालिए नहीं तो कैरमल भी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है टेस्ट भी अब ये देखिए हमारी कुल्फ़ी का तैयार हो गया बैटर अब इस टाइम पे हम इस गैस को बंद कर देंगे सारा इकट्ठा कर लेंगे देखिए किनारे भी जितना लगा हुआ है सारा इकट्ठा करके कर लेंगे गैस बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जब ठंडा कर लेंगे इसको हम या मिक्सर ग्राइंडर में या हैंड ब्लेंडर से चला लेंगे क्यों क्योंकि इसका जितना भी ये मिक्सर है ये स्मूथ हो जाए सारा एक जैसा हो जाए और इसको हम चलिए ठंडा करने रखते थे ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसको भी पीस लेते हैं अच्छे से हैंड ब्लेंडर से चलिए हमारा ये ठंडा हो गया है मिक्सचर, अब हम इसमें हैंड ब्लेंडर चला लेते हैं कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और इसमें कोई लमस वगैरह ना बोल जाए अच्छे से हो गया ये अब हम इसको बिल्कुल ठंडा करके अब जैसे जमाना इसको कैसे है किस चीज में तो चलिए मैम वो भी दिखा देती हूँ आपको देखिए ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है अब हम इसको जमने के लिए रखना है अब ये मैं आपको आज मैं कट कुल्फ़ी बता रही हूँ आप चाहे तो कुल्फ़ी मोल्ड में भी रख सकते हैं उसमें भी अच्छे से कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी मैं आपको कट कुल्फ़्फी कहता हूँ तो मेरे पास इस टाइप के ग्लासेज हैं तो मैं उसमें डाल के जमाऊँगी तो जब काटेंगे तो वो कट कुल्फी की तरह गोल गोल आएगी कट के तो चलिए मैं इसमें डाल लेती हूँ और इसके बाद हमने इसको ठंडा हो गया है इसको कम से कम आठ से दस घंटे मतलब जमने के लिए इसको मेरे को हमें रखना पड़ेगा फ्रीज़र में ने जैसे एक ग्लास डाल लिया है इसी तरीके के मैं और ग्लासेस भी डाल लेती हूँ ये देखिए हमारे तीन ग्लासेस में आ गए ये अच्छे से अब इसके बाद हमने इसको क्या करना है इसको हम ऊपर से फॉइल पेपर लगा देंगे इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से और इसके बाद एक रबो बैंड लगा देंगे इस टाइप से इसी तरीके से तीनों में हम कुल्फ़ी बिल्कुल जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है अब हम इसको वैसे तो आप कोशिश करिए ओवरनाइट रख के छोड़ दीजिए और उसके बाद जो बढ़िया कुल्फ़ी बनती है तो चलिए हम भी इसको जमने रख देते हैं मिनिमम आठ से दस घंटे रखते हैं उसके बाद चलिए फिर हम आपको कुल्फ़ी दिखाते हैं कि कैसी बनी है देखिए मैंने कुल्फ़ी ओवर फ्रिज में रख ली थी अब मैं इसको ओपन करती देखिए अच्छे से जम गई है अब मैं इसको सबसे पहले हमने क्या करना है पानी भरे हुए बर्तन में रख देंगे थोड़ी देर के लिए देखिए इस टाइप से कर लेंगे। थोड़ा सा नाइफ से साइड से कर लेंगे इस तरीके से धीरे-धीरे बाहर आ ब्लैक ब्लैक ये छोटी इलायची है ये, ये देखिए इसकी शेप देखिए बिल्कुल कट कुल्फी की तरह आई है इसके बाद हम इसके यू पीसेस काट लेंगे आप जितना मोटा काटना चाहते हैं आप मेरे कहने से एक बार ये ये कुल्फी कुल्फी बना के जरूर देखिएगा आप आप बाजार की कुल्फी खाना भूल जाएंगे ये उसी हिसाब से निकालिए जिस समय लोग आ रहे हैं, आप कर रहे हैं हैं सर्व कर एक करके इस तरीके से देखिए तीन ग्लासेस मेरे बने थे तो बारह पीसेस ये हमारे रेडी हो गए चलिए हम इनको सर्व कर देते हैं बिल्कुल रेडी है मैंने अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपकी कुल्फ़ी कैसी बनी पर मेरी यकीन मानिए आप ये एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी सबको घर में तो इसलिए अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा मेरा वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू, यू सो मच